ये बंदा भाला लेकर पानी के अंदर दौड़ रहा था तभी इसको यहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है इससे बंदा अपने भाले को पहले तो पीछे करता है उसके बाद कूद के इसी के ऊपर मारने की कोशिश करने लगता है और काफी ताकत लगा देने के बाद इसके ऊपर मार देता है बंदा पानी के अंदर भाला मारने के बाद जब यह बंदा इस भाले को निकालता है तो इसके साथ जो निकला उसे देखकर आपके तो हो जाएगी लेकिन उसे देखने से पहले यूट्यूबर की तरफ अम्मी पापा की कसम नहीं देता तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के लाइक सब्सक्राइब दे कमेंट जोड़ता बंदा जब इस भाले को उठाता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रोह भी आ जाती है जिसको पकड़ के बंद अपनी बोरी में रख लेता और घर लेकर आ जाता है